श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे दीर धीरे बजे धीरे दीर धीरे बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बनती बजे बन धीरे बन श्याम तेरी बंसी बजे धीरे मथुराय नगरी ते मथुरा गोफुल नगरी बीच में जमुना बहे धीरे धीरे बहे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे साम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे मधुमंगल इत श्री मधु दामा इत मधु मंगल इत श्री बीच में कांदा बीच में कांदा चले धीरे दीर धीरे चले धीर धीरे साम तेरी बनती मेरी धीरे कन्हैया तेरी बनती इत में ललिता इतने विशाखा इतने ललिता इत में चल धीर धीरे चल दीर धीरे राम दीर तेरी बजे धीरे बंसी भले कह तेरी बनसी बजे धीरे धीरे कदम तो के जाली पर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 हम सब आए तेरी शरण में हम सब आय कधा तेरी शरण में हमें भी दर्शन हो हमें भी दर्शन मिले धीरे धीरे मिले धीरे धीरे तेरी मंत्री धीरे कनैया दे बंसी बजीर धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे वो शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कनैया तेरी बंसी बज धीरे धीरे कनैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे